रेमन हरिशो मि रन कर ली गो हर शो मिरन कर लीजो हर शो में रन कर लीज रेम हरिशो में रन कर लीज रेम हरिशो मिलन कर ली हरि को नाम प्रेम से जप हरिक नाम प्रेम चली हरिश रस नाप हरिगुण गाइए सुनिए निरंतर हरि गुण गाइए निर हरिचरण चित दीजे रे मन हरि सोमी रन करी रे मन हरि सोमी रन करली हरी भगतन की शरण ग्रहण करी हरी भगतन की शरण ग्रहण करी हरि संग प्रीत की जय हरी भगतन की शरण ग्रहण करी हरि संग प्र की जय सम हरी जल समझ मन ही मन हरिषण हरीजल समझ मन ही मन को सेवन कीजे को सेवन कीजे मन हरिशो मेरा न करी रे मन हरिशो मेरा न कर हरी कहीं विधि हमसे हरी कहीं विधि हमें शेरी जय सोही प्रास न की जय हरी कहीं विधि हमें शेरी झे सोही प्रास ने कीज जे। हरी जन हरी मार्ग पहचान हरिजन हरी मरगी पहचाने अनुमति दे देखी जे अनुमति देई सुखी जे रेम हरि चूं मिलन कर लीजिए रेमने हर चू मिलन कर लीजिए हरी त खाइ पहरिए हरी ही, हरी त खाइ पहरिए हरी ही, हरी ही करम की हरि ते कर हरी हई त हरी जन हरी त हरी सन सब सही है हर हरिते मरिए जीजे हर त मरिए जी जे रेमने हरिशो मिरन कर लीज रेम हरिशो मिलन कर हरिशो मिरन